ए योम धात्रय नमा धात्री माबा याम स्थापयाम पूजाम बे दात्रय अरे योमंदा के नवास अधिवारी सर्व पाप हरम सोंतितम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृहतामो हल्दी सिंदूर लगा दी मोकरन था अरे योम सिंदूरम शोभनम रक्तम शोवाग्यम सुखवादम सुबदम कामद शिवे सिंदूरम प्रतिगृहतामो येलेति फूल जड़ा दी तो आगुल घी लगा दी स्नान करा काद कद्याली कर नदे चेलम गृतान चारम मक्ष पानी आज जलम हम टटिया टटिया उठिया कहां है? नहीं तो हुआ हाँ, हुआ के हुआ जाए परी ना ना ना था था था ठीक ठीक है अच्छा तू याद ही करी सुनी बताई अपना ओ कोने से ले पहले सोक सींच दे था हरी यो मंदा किन्नुआ सदिवार सर्व पाप हरम शुभम तथितम कल देव स्नान पति के बाद जो है ओम लगा दी जो, जो बनाए लोबर के जो बनाए हैल्दी से फूल चढ़ाई दे फूल चढ़ाई दे मालियान सुगंधीन है मालिताया दीन मया प्रभु मया के पुष्पाउंटी अगरबत्ती दिखाई दी आती दी हम योजना में चंद्रमा फिर कोने तक पहुँचा दी हाँ हम्म चली थोड़ा गुड़ घी लगा दई थोड़ा गुड़ घी थोड़ा गोल घी लगा दई थोटा गुड़ घी सरकार खाद कर दे, दे मनी प्रार प्रार तो ते पानी पानी आज जलम बस होएगा करी उठते पूजा ये ले, ले ली देते ची राम करतेने से बाहर बोला जा रहा है अरे यो मंद आया मगरोहन का अरे यो के नुआ से सर पाप ओम मंद किन्वास दिवारापरुश तरी कल स्नाथ पति जंस श्रीमन महागणाधिपत नम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमा महेश्वराभ्या ना वाणीभ्या महे वा नम वा इषेवताभ्यो नम कुलवताभ्यो नम स् स्थानदेवताभ्यो नमो वास्तुदेवताेभ्यो वास्त। देवभ्यो नम नवाधि हलिसे हलिसे बाद सुनी, अब थोड़ा चढ़ाई पानी फेर दे दी नैवेद्यम समेद्यंते जलन समर्पण अब देखिए पूरे एंड तक पूरा कर दाई हरि ओम मंदा किन्दिवार जलम मंडप समर्पया देगा दे या गुड़ गुड़घी लगा दे हरी ओ मंद किन्वा सदिवार पापरुण तथित कल्पत स्ना पद के स्ना जलम समर्पयाम देवभ्यो नम ऐ हाँ हाँ दी द्वार मात्रिका नमः चावल अंतमा चबलो श्रीदीप हरिहो मंदवा सदी वर्व तत्को द्वारा देवताभ्यो नम चंदन सामर्पयाम सेमर्पिया क्षतमीया द्वा नमः अच्छा कोहबर न बनावा जाहबर तो है जहा देवताहबर मान ले जाए तो पूजा कर दे हाँ बता हाँ चली में तो इनका तो गई तक ना चपका भाई। तो है चपकी। हाँ तो जहां हो नहीं कहा नाम कहाँ है मीना। मीना हाँ। ए, थोड़ी उसी घी गरम कर देखिए धार दे तो दे दे ता भाँगा, ता भाँगा ता ता थोड़ी घी कर दो तो थोड़ा के लिए सात सा, सात सात धार धार माने फेरा फिरेंगे तो सात धार तो होना चाहिए कुछ देती है पता पता ही ही नहीं आए हाँ। ए का लगे हमारे सामने मीना के भाई घी कहा ठीक हाँ, थोड़ा हाँ। में थोड़ा गरम करिए दीवाल में है हाँ। चलिए चला जाए जब तक पूजा की पच्चेंगी पच्चेंगी ना। इसको हम्म चलिए थोड़ी अगरबत्ती ले ली खरा कल पे वैभसमंतरे अष्टाशति युगे कलियुगे कलपथम चरणे जम्बूदीपे भत्खंडे भारत वर्षे सौरस्थने आनंदना संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने वर्ष शरदृच्या महामसा मासोत्तम मसे मगश शीर्षमा सेभे कृष्णपक्षे प्रकतायाम िथ शनिवासरे गृहगृहसे पुराणों की फलप्रति काम अदी गारगे गोत्रोत्पन्ना श्री कमलेशर्मा हम आदि दुवे शर्में लिखा जाता ब्राह्मण शर्मा आज देव पृथ्वी गौरी गणेश कलश नवाग्रह पूजन मंत्री पूजन समय एक मुद्रा देव एकद्रा परमाचार्य तुम हरि हरिओम आयु काम यहाँ कामा, पुत्र आरोग्यम काम तथय आरोग्यवंत हरि ओम श्रीमन महागणाधि नमः अच्छा मंत्र धाम है मंत्री बताए चलिए ओढ़े कपून